मतलब आपके पाओ की पहली उंगली जो होती है वो आपके बॉडी का 40 परसेंट वेट उठाती है मतलब इतनी छोटी उंगली आपका 40 परसेंट वजन उठाती है नंबर 19 हमारी पूरी दुनिया में जितने भी सैंड मतलब रेत के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे भी ज्यादा इस ब्रह्मांड में स्टार्स हैं नंबर 18 ये संभव है कि आप पेपर के कप से पानी को बॉयल कर सकते हो जी हाँ पेपर के कप में पानी को बॉइल कर सकते हो पर आपको इसे सही डिस्टेंस पर रखना होगा नंबर 17 हर साल सिर्फ मच्छरों की वजह से जितने लोग जंग में नहीं मरते उनसे भी ज्यादा लोग सिर्फ मच्छर के काटने से मरते हैं नंबर 16 अंधे लोग जो होते हैं मतलब जो पैदाइशी अंधे होते हैं उन्हें भी रंगीन सपने आते हैं मतलब नॉर्मल लोग जैसे दुनिया को देखते हैं वैसे ही अंधे लोगों को रंगीन सपने आते हैं नंबर फिफ्टीन जब आप एक कदम चलते हो तब आप अपनी बॉडी के 200 मसल्स का इस्तेमाल करते हो सिर्फ एक स्टेप में 200 मसल्स का इस्तेमाल होता है नंबर 14, प्लूटो जो कि एक डॉल्फ प्लेनेट है उसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना ही होगा तो उसका जो सरफेस एरिया है वो रशिया जो कि एक कंट्री है तो प्लूटो का जो सरफेस एरिया है वो रशिया से भी कम है नंबर थर्टीन साउथ पेसिफिक ओशन में एक ऐसी जगह है जिसे स्पेस क्राफ्ट ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है वहाँ जो भी सेटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट फेल होते हैं वो साउथ पेसिफिक ओशन के अंदर जाकर ही मिलते हैं इसलिए इसे स्पेस ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है नंबर ट्वेल्व पेरिस का जो आईफिल टावर है वो गर्मियों में छ इंच तक लंबा हो जाता है मतलब टेक्निकली ये हीट की वजह से होता है जब मेटल पर हीट पड़ती है तब वो एक्सपैंड हो जाता है इसलिए वो आईफिल टावर हीट की वजह से लंबा हो जाता है नंबर ट्वेल्व बीज यानी कि मधुमक्खियाँ आपको इनको देखने से क्या लगता है ये कितने ऊपर तक उड़ सकते हैं आप कहोगे दस बीस फीट पर भाई ये माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा उड़ सकते हैं ये उन्तीस हजार पाँच सौ फीट से भी ज्यादा ऊंचा उड़ सकते हैं। नंबर इलेवन लेटर ई जो है वो सबसे कॉमन लेटर है इंग्लिश लैंग्वेज का क्यूँकी रफली लेवन इंग्लिश के वर्ड में इस्तेमाल होता है नंबर कुछ ऐसे शार्क के प्रजाति हैं जो कि 500 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं जी हाँ 500 साल से भी ज्यादा ग्रीनलैंड लैंड में से एक शार्क है जिसका सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन है नंबर नाइन एक चीटी को अगर आप किसी भी हाइट से मतलब किसी भी हाइट से अगर आप बुर्ज खलीफा से भी फेंकोगे तब भी उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि चीटी का वेट इतना कम होता है इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं होता नंबर एट वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है वो आराम से लॉस एंजलिस के अंदर फिट हो सकती है मतलब कैसे भी एक आदमी साइड बाय साइड शोल्डर टू शोल्डर खड़ा हो गया तो लॉस एंजलिस में आराम से फिट हो सकते हैं नंबर सेवन दो और दो में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो दुनिया की आधी पॉपुलेशन देखी थी टी वो भी लाइव नंबर सिक्स रियल टाइम में एक ऐसी वेबसाइट है जो कि वर्ल्ड की, की लाइव पॉपुलेशन दिखाती है जी हाँ वर्ल्ड की लाइव पॉपुलेशन ये रही वो वेबसाइट देखिए यहाँ पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है और डिक्रीज भी हो रही है और यहाँ डेथ रेट भी दिया हुआ है ये लाइव पॉपुलेशन को दिखाती है इसलिए ये बहुत ही अनोखी वेबसाइट है नंबर फाइव अर्थ यानी की पृथ्वी एक ऐसा प्लान है जो की इसका नाम किसी भी गॉड के ऊपर नहीं रखा हुआ है वीनस एक गॉड के ऊपर है सटन एक गॉड के ऊपर है जुपिटर एक गॉड के ऊपर है पर अर्थ एक ऐसा नाम है जो कि गॉड के ऊपर नहीं रखा गया है और अर्थ ये नाम किसने रखा ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है नंबर फोर यौन यानी कि उबासी लेने से आपका दिमाग कूल होता है ये कूल इसलिए होता है कि आपके दिमाग में जो बोरियत वाली फीलिंग होती है ये उबासी लेने से निकल जाती है यौन के बारे में और एक फैक्ट है जब लोग यौन का वर्ड सुनते हैं तब तो 52% लोग यौन यानी कि उबासीक लेते हैं नंबर थ्री पेंगुइन। पेंगुइन का एग ऐसा होता है जब भी उसे बॉईल करोगे तब वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है ये ऐसे ट्रांसपेरेंट होता है कि उसका अंदर का योग वो भी दिखने लगता है नंबर टू जो लोग ज्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं वो 27 परसेंट तेज और 37 परसेंट कम मिस्टेक्स करते हैं सिर्फ वीडियो गेम्स खेलने से नंबर वन आजकल क्यों नहीं होते रिमूवेबल बैटरीज इसके पीछे काफी रीजंस हैं पहली चीज़ है रिमूवेबल बैटरीज होने से फोन काफी स्टाइलिश और मॉडर्न लगते हैं और दूसरी बात ये है की ये वाटर होते हैं अगर ये रिमोवेबल बैटरीज होते तो ये वॉटर नहीं हो सकते थे पर रिमोवेबल बैटरीज का भी ये फायदे है की नॉन रिमोबल बैटरीज जो होती हैं, उनकी लाइफ स्पेन सिर्फ चौबीस महीनों के लिए होती है उसके बाद उसकी बैटरीज जल्दी खत्म होने लगती है पर ये प्रॉब्लम रिमूवेबल बैटरीज में नहीं होती क्योंकि 24 महीनों के बाद आप उसे चेंज कर सकते हो तो फिर से नई जैसी काम करने लगेगी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक चैनल को